हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू सिंह स्टडी सेंटर टूडे आवर टॉपिक ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस हब स्विच राउटर एंड रिपीटर ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहां से चेक कर सकते हैं टूडे आवर नेटवर्किंग डिवाइसिस इज ब्रिज ब्रिज क्या है इसके बारे में हम आज की वीडियो में जाने ब्रिज इज लाइक ए रिपीटर रिपीटर की तरह ब्रिज काम करता है जैसे रिपीटर में था कि सिग्नल को रीजेनरेट एंड रीट्रांसमिट करता था उसी प्रकार ब्रिज भी सिग्नल को रीजेनरेट एंड रिट्रांसमिट करेगा बट ब्रिज में एक एक्स्ट्रा एक फीचर होता है कि वो एक मैक टेबल बनाता है और मैक टेबल के हिसाब से डाटा को एक्सचेंज करेगा नहीं तो डाटा को ब्लॉक कर लेगा अपने पास और जिस मैक एड्रेस के लिए डाटा होगा उसी मैक एड्रेस को डाटा ट्रांसफर करेगा आगे देख लेते हैं ब्रिज में और क्या क्या फंक्शन है ब्रिज कनेक्ट करता है दो लैंड नेटवर्क को जैसे ये होस्ट ए बी एक हब के साथ कनेक्ट है हब क्या करता है आपने लास्ट वीडियो में देखा था हब क्या करता है जस्ट फॉरवर्डिंग डाटा और ब्रॉडकास्टिंग कर रहता है अगर आपके पास ए को भेजना है डाटा तो वो बी को भी भेज देगा इधर ब्रिज भी देगा। तो हब ने हब हब कनेक्ट है सेकंड यहाँ भी हब कनेक्ट है दोनों के बीच के लिए ब्रिज कनेक्ट कर दिया ब्रिज क्या करता है दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क को हम सेगमेंट में तोड़ सकते हैं जिससे क्या होगा कि कुलजन नहीं होगा और जो है हम डाट जो अपना नेटवर्क है उसको तो एक्सटेंड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आगे चलते हैं जैसे इस नेटवर्क में देख सकते हैं आप दो नेटवर्क हैं लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट वन एंड सेगमेंट टू सेगमेंट वन में पीसी सी वन ने सिस्टम वन ने सिस्टम टू को डाटा भेजने है। वो क्या करेगा डाटा को करेगा करेगा करेगा। ब्रिज ब्रिज के पास। क्या क्या उस डाटा को एनालाइज उसका फर्स्टली जाता है और रिट्रांसमिट करे वो तो करेगा ही उसके अलावा ब्रिज क्या करेगा कि मैक एड्रेस का जो उसने टेबल बना रखे अपने अंदर तो वो देखा उसमें सेगमेंट वन और सेगमेंट टू का टेबल बना रखे सेगमेंट 1 में पीसी 1 में कौन सा मैक एड्रेस uh, है पीसी 2 में कौन सा है, पीसी 3 में कौन सा है? जब उसने देखा कि सिस्टम 2 जो है वो सेगमेंट 1 में ही है तो क्या करेगा उस डाटा को सेगमेंट 1 में ब्रॉडकास्ट कर देगा ब्रिज ब्रिज ने क्या किया उस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया सेगमेंट 1 में तो क्या हुआ वो जो डाटा था वो सभी जगह कॉपी हो गया ठीक वो उस डाटा को उसने ब्लॉक कर दिया उसने डाटा को आगे नहीं भेजा जब उसने मैक एड्रेस के हिसाब से एनालाइज किया तो उसके हिसाब से उसने देखा सेगमेंट वन में तो उसने सेगमेंट टू को वो डाटा नहीं भेजा ट्रांसफर नहीं किया हेयर पीसीड टू डाटा ब्रिज फर्स्ट ब्रिज में गया ब्रिज बिल रीड इट्स ब्रिज ने क्या किया उसका मैक एड्रेस देखा, better to send, the, उसने रिसाइड किया कि उस डाटा को सेगमेंट वन में भेजना है या सेगमेंट टू में भेजता है Hence, the PC2 is in segment 1. देख उसने देखा कि जो भेजना है उसने क्या किया उस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया सेगमेंट वन में पीसी कनेक्टेड इन द सेगमेंट टू और किसी भी पीसी को वो डाटा नहीं भेजा सेगमेंट टू के तो इससे क्या होगा, traffic reduce होगा. ट्राफिक रेड्यूज होगा क्योंकि यहाँ के यहाँ के disturb को किया तो यहाँ traffic क्या होगा रिड्यूज रहेगा तो क्या ब्रिज क्या करता है ट्रैफिक रिड्यूस करने में भी काम आता है आगे देखते हैं कि इसके फीचर क्या क्या है इसमें ब्रिज में ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस हम नेटवर्किंग डिवाइस के बढ़ रहे नेटवर्किंग टू डिवाइड लैंड इन टू मल्टीपल सेगमेंट में बताया था कि लैंड नेटवर्क को मल्टीपल सेगमेंट में छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देगा जिससे क्या होगा की एक तो कुलिजन नहीं होगा और एक डाटा की जो है डाटा चेन की जो स्पीड है वो भी अच्छी रहेगी और डाटा को जो क्या बोलते हैं सिग्नल है वो बीक नहीं रहेगा उसको ब्रिज रिजेनरेट कर देगा कर देगा ब्रिज वर्क अंडर कौन सी लेयर में काम करता है ब्रिज है? फिजिकल और डाटा लिंक लेयर फिजिकल मतलब एज ए हार्डवेयर और डाटा लिंक लेयर जिसमें मैगड्रेस को लेके एनालाइज करता है और डाटा डाटा को ट्रांसफर करता है उस हिसाब से इट स्टोर द मैगड्रेस ऑफ पी सी जितने पीसी उसके साथ कनेक्ट होते हैं उनका क्या होता है जितने मतलब नेटवर्क उनके साथ कनेक्ट होते हैं ब्रिज के साथ उनका वो मैक एड्रेस वो अपने पास रख लेते हैं तो है। काम करता है बट इसमें क्या करता है फंक्शन क्या होता है एक एक एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि मैक एड्रेस को टेबल बना लेता है और डेस्टिनेशन को उस हिसाब से वो डाटा को ट्रांसफर करता है ब्रिज ईल्सो यूज फॉर इंटरनेटिंग टू लैंड नेटवर्क वर्किंग से लैंड नेटवर्क को को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज को जैसे ऊपर लिखा था मैंने ब्रिज है सिंगल इनपुट एंड आउटपुट इसमें मैं बताया था कि रिपीटर की तरह एक ही सिंगल आउटपुट है और एक इनपुट है जिसमें दो पोर्ट होते हैं सिंगल सोर्स इनपुट और सोर्स आउटपुट दो ही पोर्ट होते हैं इसमें ब्रिज आर इंटेलिजेंट डिवाइस डेट अलो दासिंग ऑफ ओनली दो पैकेट फ्रॉम ए नोड इन वन नेटवर्क टू अदर नोड इन द सेम उसी पैकेट को ट्रांसफर करता है मैं बताया था कि ये पीसी वन में था ये उसने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम वन में सिस्टम टू को भेजना था तो उसने क्या किया सेगमेंट टू को वो डाटा नहीं भेजा उस था डाटा को उसने क्या किया वहाँ ही ब्लॉक कर लिया और वो सारा डाटा जो है वो सेगमेंट वन में क्या किया ब्रॉडकास्ट कर दिया उसने वो डाटा को वहां पर एड्रेस के हिसाब से अपने चेक मैक एड्रेस के हिसाब मैक टेबल के हिसाब से चेक किया और उस डाटा को सेगमेंट वन में ही ब्रॉडकास्ट किया सेगमेंट टू में उसने उसको ब्लॉक कर लिया आगे देखते हैं आगे इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ब्रिज परफॉर्म कैसे करता है उसको काम कैसे करता है हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क ए है और लोकल एरिया नेटवर्क बी है उस दोनों ब्रिज के साथ कनेक्ट है अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं ब्रिज रिसीव ऑल द पैकेट फ्रॉम किसी भी सिस्टम से हम कोई भी पैकेट भेजेंगे तो ब्रिज क्या करेगा उसको रिसीव करेगा उसका काम भी सभी सभी से नेटवर्किंग डिवाइस है क्या रिसीव करते हैं ये ब्रिज बिल्ड ए टेबल ऑफ एड्रेस जैसे इसके साथ कोई भी सिस्टम कनेक्ट करें पोर्ट पे कोई भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे इंटरफेस पे तो क्या करेगा ये एक मैक टेबल बना लेगा अपने अंदर, अपने अंदर अंदर एक मैक टेबल स्टोर कर लेगा हर एक पोर्ट का मैक एड्रेस का हर एक सिस्टम का मैक एड्रेस का एक टेबल अपने अंदर से स्टोर कर लेगा ये ब्रिज बिल्ड ए टेबल फॉर फ्रॉम सेंट फ्रॉम विच लैंड सेगमेंट इसके अंदर मैग एड्रेस का टेबल बना लेगा जिससे ये पता कर लेगा कि ये जो डाटा है किस सिस्टम को किस मैग एड्रेस को भेजना है मुझे अगर जैसे सिस्टम ए ने सिस्टम वन ने कोई डाटा भेजा ब्रिज के पास ब्रिज क्या करेगा जैसे उसने इसको आइडेंटिफाई किया है कि, कि किसको को भेजना है तो इसने मान लिया कि यहाँ पे सिस्टम थ्री को भेजना है तो क्या करेगा वो इस डाटा को यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा जैसे लास्ट वीडियो में देखा था उसने कि जो डाटा भेजना था वो सेगमेंट वन में ही भेजना था तो उसने क्या किया इसमें इसमें सेगमेंट वन में ब्रॉडकास्ट कर दिया और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया अब ये क्या करेगा यहाँ ब्लॉक कर देगा और इस डाटा को यहाँ पे उसने मैकटाज से देखा और यहाँ पे उसने इसको रीजनरेट करा सिग्नल को सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया और इसको यहाँ पे सेंड कर दिया सिस्टम थ्री के पास दैकेट फ्रॉम लैंड बी आर कंसिडर्ड इन द सेम मेथड सेम तो मेथड जैसे हम लैन बी में भी कोई डाटा भेजते हैं लैन ए के पास तो सेम ऐसे ही करेगा अगर लैन ए सिस्टम थ्री ने कोई डाटा भेजा सिस्टम फोर के पास तो वो ब्रिज के पास जाएगा ब्रिज क्या करेगा उसको डाटा को एनालाइज करेगा एनालाइज करने के बाद देखा कि मैक एड्रेस किस सिस्टम किस सेगमेंट में कनेक्ट है तो वो क्या करेगा जैसे सिस्टम फोर जो है वो सेगमेंट बी में कनेक्ट है तो ये क्या करेगा इस डाटा को यहाँ ब्लॉक कर देगा इस डाटा को आगे ना भेज कर यहीं ब्रॉडकास्ट कर देगा और डाटा को सिस्टम थ्री फोर के पास पहुंचा देगा अगर इसने ए के पास भेजना है तो इस सिस्टम इसमें मैग एड्रेस से इसको मैच करेगा और उसके बाद इसको क्या करेगा यहाँ पे सेंड कर देगा ब्रॉडकास्ट कर देगा यहाँ पे ओके आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रिजेस ब्रिजिस के कितने टाइप होते हैं ब्रिजेस ट्रांसपेरेंट ब्रिज ट्रांसलेशन ब्रिज एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो है इनके नाम से ही पता लग रहा है आपको ट्रांसलेशन ब्रिज सोर्स राउटिंग ब्रिज की ये क्या, क्या क्या काम करते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या करते हैं कि दो लैंड नेटवर्क दो एंड टू लैंड नेटवर्क कि बीच में एक हम ब्रिज कनेक्ट करेंगे बट उनको एक उसकी एक्सिस्टेंस जो है ब्रिज की वो नहीं शो होगी उनको पता नहीं लगेगा कि उनकी ब्रिज के उनके अंदर ब्रिज एक कनेक्ट है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ब्रिज ट्रांसलेशन ब्रिज क्या होता है ट्रांसलेशन ब्रिज क्या, क्या करता है जैसे ट्रांसलेशन का मीनिंग से ही पता लग रहा है कि ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट कन्वर्ट करता है हमारा एक नेटवर्क जैसे हमारे एक सोर्स ने पे नेटवर्क इथरनेट कनेक्ट है तो वो इथरनेट कनेक्ट दूसरे पर टोकन रिंग है कोई भी डाटा कर मैं भेज रहा हूं जैसे अगर भेज रहा हूं जेपीजी फॉर्मेट में भेज रहा हूं तो मेरा जो दूसरा सिस्टम है वो क्या करता है कि उस फॉर्मेट को जेपीजी ना पी एनजी में उसको रिसीव करना चाहता है जहाँ उसको उसी फॉर्मेट में वो रीड कर सकता है तो क्या करेगा उस फॉर्मेट में उसको उसको सेंड करेगा तो वो वो जेपीजी में भेजेगा बट ब्रिज क्या करेगा कन्वर्ट करके उसको पीएनजी में उसको शो करेगा उसको सेंड करेगा जैसे तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रिज सोर्स राउटिंग ब्रिज क्या है कि वो अपने अंदर ही एक फ्रेम में ही अपने एक फ्रेम में एक राउटिंग टेबल बना लेगा हर हर हर ब्रिज़ क्या बोलते हैं पैकेट के लिए तो क्या अगर उसी जो डिफॉल्ट राउटिंग ब्रिज बनाएगा जो टेबल बनाएगा जो राउट सोर्स बनाएगा उसी में वो उसको ट्रांसफर करेगा आप देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज गेटिंग टू ब्लॉक और फॉरवर्डिंग डाटा पैकेटेडिंग ऑन द मैगेट्रस ये सभी ब्रिज काम करते हैं कि वो मैक एड्रेस को हिसाब से डाटा को भेजेंगे और बाकी को ब्लॉक कर देंगे प्लग प्ले। प्ले उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो और वो play, चल रहा है, काम करेगा प्लग एंड प्ले का काम करते हैं दिस ब्रिज क्रिएट इट्स टेबल ऑफ टर्मिनल एड्रेस ऑन इट्स ओन इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं एंड इट इज एबल टू सेल्फ अपडेटिंग उस टेबल को जैसे हम नया कोई सिस्टम कनेक्ट को करते हैं तो उसको बेका है अपडेट कर लेते हैं इट इन गेटिंग मोर पॉपुलर बाइलवर्क नेटवर्क के अंदर ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसकी एग्जिटेंस नहीं होती इसलिए हम इसको ज्यादा ही use करते हैं network के अंदर Next देखते हैं translation बिच Translation बिच play the role of converting. Translation का meaning ही है कि हम किसी चीज को convert करना translation करना तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज प्ले द रोल फॉर कन्वर्टिंग हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन ब्रिज टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क लाइक एजोरिंग नेटवर्क कैन बी अटैच दोनों में अटैच कर सकते हैं हम इट है फील्ड एंड फॉर्मिशन फ्रॉम फ्रेनिट इज रिक्वायर्ड ये क्या करता है कोई भी चीज को रिमूव और ऐड करने में भी हेल्प करता है हमारे साथ जैसे मैं बताया था कि कोई सिस्टम है जहाँ पे अगर मैंने मान लो कि ये सिस्टम जो है मेरा ओल्ड वर्दन है कुछ है तो ये जेपीजी फॉर्मेट में सिस्टम को रीड भी करता है और सेंड भी करता है तो इसने जेपीजी फॉर्मेट में सेंड किया बट ये सिस्टम ये है नेटवर्क लेटेस्ट है तो ये पीएनजी में ही रिसीव करेगा तो इस ब्रिज क्या करेगा इस चीज को जेपीजी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा पीएनजी में और यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में ही हमें शो करेगा तो PNG फॉर्मेट में शो किया बट इस सिस्टम को ये नहीं पता लगेगा कि इसने JPEG फॉर्मेट में शो किया भेजा है, है मुझे तो ये उसको PNG फॉर्मेट में ही रीड करेगा और उसने क्या किया, ब्रिज ने क्या किया? इसको ट्रांसलेट कर दिया कन्वर्ट कर दिया इसको PNG में ओके नेक्स्ट चलते हैं सोर्स राउटिंग ब्रिज सोर्स राउटिंग ब्रिज।, ब्रिज क्या करते हैं मैं बताया था इसके अंदर एक फ्रेम में ही एक वो, वो बना देता है पूरा फ्रेम फ्रेम बना देता है रूट का जिस रूट से उन्होंने डाटा ट्रांसफर करना है Source Bridge is is introduced by IBM. Mm -hmm. IBM uh, introduce for using Token Ring It allowed to the the the the all Frame route इस Frame. Frame Frame Frame into And then the bridge take the Decision that how the frame is forwarding with उट इज इंट्रोड्यूस बास डिसक किस फ्रेम से उसने इसको फॉरवर्ड करना है किस Frame से उसने भेजना है वो Uh, okay, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस ब्राउटर के बारे में जानेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिंग स्टडी सेंटर जय हिंद जय भारत